धार्मिक सिद्धांत किसने दिया था मैकडूगल ने कैटल ने जॉनसन ने या फिर पियाजे ने इस प्रश्न का सही जवाब है मैकडूगल ने प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं क्या प्रोबेल हैं डेक्रोली हैं मॉन्ट्रेसरी हैं या फिर किलपैट्रिक हैं इस प्रश्न का सही जवाब है किलपैट्रिक प्रश्न नंबर तेरह शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने को प्रोत्साहित करके अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर इस प्रश्न का सही जवाब है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है क्या अवधि है नवीनता है रुचि है या फिर आकार है इस प्रश्न का सही जवाब है रुचि सीखने के नियम किसने दिए हैं क्या पावलाओ है? ने दिए हैं या स्किनर ने दिए हैं थारण दिए हैं या फिर कोलर ने दिए हैं इस प्रश्न का सही जवाब है थारण निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है मनोविश्लेषणवाद व्यवहारवाद संबंधवाद या फिर गैस्टाल्टवाद इस प्रश्न का सही जवाब है गैस्टाल्टवाद सीखना है क्या है सीखना व्यवहार में परिवर्तन अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी प्रश्न नंबर अट्ठारह मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वपथम प्रयोग किसने किया था थारण ने गिलफोर्ड ने या फिर स्पीयरमैन ने या फिर बिने साइमन ने इस प्रश्न का सही जवाब है ने। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है या कथन किसका है क्या क्रो एंड क्रो का है स्टीफन का है स्कीनर का है या फिर काल्सनेक का है इस, इस प्रश्न का, का सही जवाब है स्टीफन प्रश्न नंबर बीस बिने परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का विशिष्ट बुद्धि का अभिवृत्ति का या फिर अभिक्षमता का इस प्रश्न का सही जवाब है सामान्य बुद्धि का